आम पराठा तो हम सभी ने बहुत बार खाया है लेकिन आज हम आम पराठे को एक खास ट्विस्ट देकर बनाएंगे। इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कॉमन और बहुत कम रहेंगे कि आप यकीनन इस नाश्ता रेसिपी को रोज बना कर खाएंगे इस पराठा रेसिपी के लिए हमने लिया है डेढ़ कप गेहूं का आटा थोड़ा तीखापन लाने के लिए एक चौथाई चम्मच लाल मिर्ची पाउडर एक चौथाई चम्मच या स्वाद अनुसार नमक एक चौथाई चम्मच चिली फ्लेक्स और घर का बना प्योर देसी घी आज की नाश्ता रेसिपी के लिए बस इन्हीं इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले हम परांठे के लिए आटा तैयार करेंगे जिसके लिए एक मिक्सिंग बाउल में डेढ़ कप गेहूं का आटा डालें और इसे पानी के साथ गूंथ लें। आटे को हम बिल्कुल आम तरीके से गूंथ लेंगे नॉर्मली ऐसा परांठा बनाने के लिए मैदे का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन हम मैदे का जितना हो सके कम यूज करना चाहते हैं इसलिए आज हम गेहूं के आटे से बनाएंगे। आटा अच्छे से गूँधने के बाद हम इसे ढककर कर पांच से ऐसी सात मिनट के लिए अलग रख देंगे ताकि ये अच्छे से मुलायम हो जाए थोड़ी देर ढककर अलग रखने के बाद अब हम इसमें आधा चम्मच देसी घी लगाकर इसे फिर से थोड़ा गूँधेंगे ताकि ये और मुलायम हो जाए आटे को अच्छे से गूंध कर मुलायम करने के बाद अब हम इसे सूखा आटा लगाकर बेल लेंगे हम सारे आटे को एक साथ बेलकर फ्लैट करेंगे तो चकले की जगह ज्यादा बड़े फ्लैट सरफेस पर बेलना सही रहेगा तो इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ थोड़ा सूखा आटा लगाकर इसे आम रोटी के जितना पतला बेल ले मेलने के बाद ये इस तरह की टेढ़ी मेढी बहुत बड़ी सी रोटी बन जाएगी तो इसे खस्ता बनाने के लिए हम इस पर तकरीबन एक चम्मच देसी घी लगाकर हर तरफ बराबर ब्रश कर लेंगे अब हम इस पर एक चौथाई चम्मच नमक इस तरह हर तरफ बराबर छिड़क देंगे इसी तरह इस पर एक चौथाई चम्मच लाल मिर्ची पाउडर भी छिड़क दें और इसी तरह इस पर एक चौथाई चम्मच चिली फ्लेक्स भी छिड़क लें। अगर आप इसे कम या ज्यादा तीखा बनाना चाहें तो लाल मिर्ची पाउडर और चिली फ्लेक्स अपने हिसाब से डालें तो अब हम इसे इस तरह एक साइड से रोल करना शुरू करेंगे इसे एंड तक पूरी तरह ऐसी रोल कर लें इस रोल किए हुए आटे को हम दो इक्वल हिस्सों में काट लेंगे यानी इतनी क्वांटिटी में दो परांठे बनकर तैयार होंगे इस रोल किए हुए आटे को हमें इस तरह से वर्टिकली प्रेस करना है इस तरह वर्टिकली प्रेस करने से हमारे तैयार परांठे में लेयर्स बन जाएंगी तो अब हम इन्हें सूखा आटा लगाकर बेल लेंगे एक बार सही से बेलने के बाद अब यह परांठा सेकने के लिए तैयार है परांठा सेकने के लिए गरम पैन या तवे पर एक चम्मच देसी घी लगा लें और अच्छे से फैला दें। घी गरम हो जाने पर इस पर पराठा डालकर सेक लें पराठे को हम मीडियम हाई हीट पर सेक रहे हैं लगभग एक मिनट सेकने के बाद हम इसे पलटकर दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे इस पराठे को मजेदार खस्ता बनाने के लिए हम इस पर देसी घी लगाएंगे घी में बना होने के कारण ये परांठा खाने में थोड़ा हैवी रहता है इसलिए इसे ब्रेकफास्ट में सर्व करना बेहतर है परांठे को इस तरह हल्का हल्का हर तरफ से दबाते हुए पका लें ताकि ये अच्छे से फूल सके हम इसे पलटकर दूसरी तरफ से भी हल्का हल्का दबाते हुए पकाएंगे मीडियम हाई हीट पर तकरीबन तीन से चार मिनट दोनों तरफ से बारी बारी सेकने के बाद अब यह परांठा पक तैयार है पराठा सर्व करने के लिए हम इसे इस तरह चार टुकड़ों में काट लेंगे आप देख सकते हैं कि पराठे में कितनी बढ़िया लेयर्स बनी हैं। ये खाने में खस्ता भी है और इसका स्वाद भी बहुत बढ़िया है इस आसान पराठे को आप रोज बड़ी आसानी से बना सकते हैं ये ब्रेकफास्ट के लिए या टिफिन में भेजने के लिए परफेक्ट नाश्ता रेसिपी है आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो के नीचे दिया लाइक का बटन दबाएं। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद I'm no! sorry.